देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा देखिए दर्शकों मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं और इनका जो संचरण होगा इनका जो गोचर होगा ये आपके अष्टम स्थान से होगा आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो इसका जो आपकी राशि पर प्रभाव रहेगा कैसा रहेगा तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर रहेगा अष्टम स्थान में होने से तो पेट से रिलेटेड लीवर से, से रिलेटेड आपका वजन बढ़ा सकता है कोई दुर्घटना इत्यादि भी यहाँ पर आपकी हो सकती है साथ ही साथ आ, कोई पुराना कार यदि आपका रुका हुआ है तो ये गोचर आपको पूरा कराएगा और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके जो है जीवन में होंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी दर्शकों देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर जो है अष्टम स्थान पर बैठ करके पंचम दृष्टि जो है द्वादश स्थान पर दे रहे हैं तो द्वादश इस स्थान पर दृष्टि देने से होगा ये कि विदेश से यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा लेकिन खर्चों में यहाँ पर अधिकता होगी साथ ही साथ आपको प्रमोशंस मिलेगा कोई जॉब इत्यादि आपको मिल सकती है देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान पर बैठ करके सप्तम दृष्टि कुटुम्ब के घर को दे रहे हैं सेकेंड हाउस को दे रहे हैं तो आपको पैतृक संपत्ति इत्यादि प्राप्त हो सकती है आप कोई निवेश बहुत बड़ा कर सकते हैं जिनका फ्यूचर में आपको अच्छा लाभ होगा साथ ही साथ कुटुंब में आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा आस पड़ोस के व्यक्तियों से आपका मान सम्मान बढ़ेगा ऑफिस में आपकी वहवाई होगी आपके अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं वो आपके साथ चीटिंग नहीं कर पाएंगे साथ ही साथ प्रमोशन के लिए ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा किसी महिला मित्र की सहायता से धन लाभ के साथ नए कार्य में भी आपकी रुचि जागृत होगी वैवाहिक जीवन में यदि कोई तनाव आपका चला आ रहा था तो ये कम होगा दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 14 मई को जाकर के वक्री हो जाएंगे तो कोई पुरानी जो है आपकी यदि किसी से दुश्मनी चली आ रही है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में कुछ खटास हो सकती है कुछ आपके जीवन में जहर घुल सकता है आ, लेकिन बाद में स्थितियों में सुधार होगा जो हम उपाय बताएंगे इसको आप लोग कर लेंगे यदि तो निश्चित रूप से सुधार होगा साथ ही साथ दर्शकों फोर्थ हाउस पर इनकी नवम दृष्टि पड़ रही है तो कोई वाहन इत्यादि क्रय कर सकते हैं कोई भूमि इत्यादि क्रय कर सकते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम दृष्टि राशि को दे रहे हैं तो जब धन आएगा तो क्या करेंगे किसमें इन्वेस्ट करेंगे कोई फ्लैट हो गया कोई भूमि का टुकड़ा हो गया गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं तो इन सब चीजों से संबंधित आपको जो है चीजें प्राप्त होंगी साथ ही साथ जो है देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के कारण आप जो है शोध में रुचि लेंगे जी हाँ शोध में रुचि लेंगे आपका जो मतलब जो है आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना है ये बहुत ज्यादा वास करेगी ज्योतिष और अध्यात्म की तरफ आपका रुझान होगा शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा वाहवाही के पात्र होंगे अचानक किसी विषय में जो है आपको जो है महारत हासिल हो सकती है ये जो गोचर है दर्शकों विदेश यात्राओं का योग ले करके आया है लेकिन विदेश यात्राओं में आप लोग सावधानी रखिएगा दुर्घटनाओं के संकेत भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये हमने आपको पूर्व में बता दिया था उपाय के तौर पर अब मिथुन राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो मिथुन राशि के जातकों विष्णु सहस नाम का पाठ आप लोगों को बृहस्पतिवार वाले दिन नित्य करना रहेगा साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का आप कोई भी वैदिक मंत्र ले लीजिएगा इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर जाके देख सकते हैं इन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं प्रतिदिन तो ठीक रहेगा एक बात और बताएँगे कि माह में शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को आपको सवा मीटर पीला कपड़ा आप लोग नोट कर लीजिए प्रथम गुरुवार को सवा मीटर पीला कपड़ा सवा जो है किलो आपको यहां पर गुड़ लेना रहेगा सवा किलो चने की दाल आपको लेनी रहेगी थोड़ी सी सौ डेढ़ सौ ग्राम हल्दी जो भी आपकी यथाशंथ श्रद्धा होगी आप ले लीजिएगा केसर एक डिब्बी ले लीजिएगा साथ ही साथ कोई धार्मिक पुस्तक ले लीजिएगा और किसी मंदिर में जाकर के वृद्ध व्यक्ति को दान करिएगा या कोई ब्राह्मण मिल जाएगा तो उसको आप लोग दान करिएगा एक बात और बताना चाहेंगे मिथुन राशि के दर्शकों कि यदि हो सके तो बृहस्पतिवार का आप लोग व्रत रखिए यम नियम से पालन करिए निश्चित रूप से आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी तो दर्शकों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 Badi darisa.